जो आज देख के मुंह बेटते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे और याद रखना हमारी किस्मत नहीं सिर्फ दिन बुरे हैं इंतजार करो वो भी बदल देंगे